संजू अरे शादी के जोड़े कौन बनाता है यार ये भगवान बनाते हैं ऊपर वो तेरी तो गड़बड़ हो गई तब तो क्यों क्या हुआ? मैं तो कोने वाले दर्जी को दे आया